smatter at the <laughs> बाल सेव के बापू जी फिर से चिल्लाएंगे उनके नजर से बचकर निकलना होगा <laughs> <laughs> <laughs> ये तवा पुलाव तो हवा पुलाव हो गया अब देखो टप्पू का जादू 声ね。声に。 तूने तक बाल नहीं कटवाए? अरे वो क्या कल टाइम नहीं मिला, आज कटवा अरे कल तू बाल नहीं कटवाएगा तो चलेगा अरे वाह बापू जी थैंक यू थैंक यू क्यूँकी तेरे बाल में आज ही काट दूंगा ये बाल मुझे दे दे आज मैं तुझे पूरा टकला अरे टकलापूर्ण बापू जी मुझे बापा को टकलू होने से रोकना पड़ेगा आइडिया हेलो साइमन सैलून स्मार्ट चेयर बापू जी चटिया ओह सारे बापू जी बापू जी सारे ने ने ने। इस ने किया है रिसर्च पूरा साल बिना बारबर के काटती है ये सबके बाल Primana, नहीं मिलेगा आपको ये किसी बाजार में आपके लिए ये है सिर्फ बीस हजार में हम्म, बीस हजार बराबर है <laughs> बारह हजार में तो ए, सिर्फ इसका बॉक्स मिलेगा बारह हजार का बॉक्स आप रखिए आठ हजार की कुर्सी हम रख लेते हैं hmm, nice <laughs> <laughs> <laughs> सीधा धक्का है हाँ? मम्मी, अरे हाँ हाँ वही वही अब आप लोग अपनी ये पकड़ा पकड़ी बंद कीजिए और हाँ हमने पूरा हेयर कटिंग सलून घर पर ही बुला लिया है टप्पू के पापा ए? ये कुर्सी बिना नहीं आपके पाल का क्या बात कर रही है? अच्छा वैसे मैं इंसान एकदम रंगी लाऊ भाई जी वहाँ बन जाता है तब एग्जैक्टली तुम्हारे जैसा लगता है माई गॉड यह तुमने क्या किया से कहते हैं आसमान से गिरा और चटनी में अटका डॉक्टर हाथी आसमान से गिरा और खजूर में अटका होता है खजूर से चटनी भी तो बनती है ज्यादा टेंशन बदले पोपट लाल जो हाथ में है वही जड़ है वाँगा। वाँगा। <स्थाँगा>। इस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ पहली बात अपनी काबिलियत पे कमेंट करना बुरी बात होती है और पापा जी दूसरी बात दूसरी बात ये कि ये चॉकलेट तो कभी भी लेट नहीं होती तो फिर उसे चॉकलेट क्यों कहते हैं है <laughs> आगे आगे। क्या देख रहे हो चलिए वो करते हैं। क्या गरबा है? वो, वो जो करने से पुण्य मिलता है ना? उपास मैं सारा दिन हफड़ा जलेबी खाकर कर उपवास कर लूँगा भाई नहीं हे भगवान इसके ये वो ऐसी बचने में मेरी मदद कर भगवान हमें नुसीना की मदद करनी चाहिए ना <hace woran> nice catch mummy. Eh, bas gaye. Waah Simon bhai waah. Kya mast mast round round. Mummy aapne to mujhe mera garba hi yaad dila diya. Daya, daya, ye kya keh rahi ho? Ye koi garba khelne ka time hai. Haan tappu ke papa, ye garba ke है। करके दिखाता हूं हाँ, भूख लगी है कुछ खा लेता हूं श्योर ये तो साइमन अंकल को भी नहीं आता होगा हे हे, ये तो बहुत इजी है Дай <laughs> дамала <coughs> मैं दो बातें कहना चाहता हूँ पहली बात जो काम बल नहीं कर सकता वो बुद्धि कर सकती है और दूसरी बात ये की जखिया आज मैं तेरे बाल काट कर ही रहूँगा